साथ में तिर छोड़ें यार मुझे तेरे साथ बात में आ <laughs> जान से प्यारी मालू सकी हर फल बात साथ में तेरों छोड़े हो तुझी दुल्हन ना बात में उसकी माने दो मेला